में एंटी माफिया अभियान जारी है प्रशासन प्रशासन ने ने ने एक बदमाश बदमाश के घर घर को को से कर दिया जमीन जमीन पर पर कब्जा करके बनाया था की लेकर आज ने पेंच वेहल स्कूल के पीछे रहने वाले मोहम्मद अशरफ के मकान को तोड़ा इसके पूर्व प्रशासन ने नगर पालिका कर्मचारियों से घर का सामान बाहर निकाल रखवाया विगत दिनों जुन्नारदेव ब्लॉक में एक सोना चांदी व्यापारी की लूट कर हत्या में शामिल आरोपियों के मकान को प्रशासन ने जमीन दोस्त कर दिया पूर्व में भी न्यूटन में रहने वाले इस मामले के आरोपी में मकान को तोड़ा गया था लेकिन इस बार वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के पेंच क्षेत्र ने भी अपनी जमीन और मकान में अनाधिकृत कब्जा खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है आज डब्ल्यू सी एल की भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके अली असन के द्वारा निर्माण कार्य किया गया एवं अनाधिकृत रूप से उनके द्वारा डब्लू क्वार्टर पर कब्जा कराया गया था तो क्वार्टर को खाली कराए जाने की कार्रवाई और जो अवैध निर्माण उन्होंने तो भूमि पर किया था डब्ल्यू सी से उसको डब्ल्यू के द्वारा सहयोग मांगा गया प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन की टीम को तो स्वच्छा व्यक्ति का सहयोग किया जा रहा है और डब्ल्यू के अवैध जो के द्वारा अली हसन के द्वारा जो अवैध किया गया था उसको की कार्रवाई जा रही द्वारा सहयोग किया जा रहा है अली हसन के लड़के मोहम्मद अशरक के खिलाफ संगीत कीहरियों ऐसी सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के पीड़ो ऐसी नक्सलवादियों के गढ़